हेलो ब्रियान वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों मैंने अपना नया ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया लेकिन मुझे ब्लॉग के बारे में कुछ अता पता है नहीं अगर वीडियो शूट करने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दियो तो दोस्तों मैं फिर बंगाल से हूँ वेस्ट बंगाल से और फिलहाल अभी पुणे में रहता हूँ महाराष्ट्र की पुणे आप डिस्ट्रिक्ट में साउंड पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा वो हरियाली खेत जो मुझे बहुत ही पसंद है सच में ठंडी ठंडी हवाएं बहुत अच्छा लगता है मुझे इसीलिए मैं गांव का ब्लॉग बनाना इस्टार्ट किया हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि गाँव की ब्लॉग क्यों ना बनाई जाए और मैंने गाँव का ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको गांव की ब्लॉग की वीडियो करूंगा अच्छा महाराष्ट्र में जितना भी सारा अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट में जाने की और आपको दिखाने की उन गांव के कल्चर वगैरह और गांव गाँव गांव की नेचर को शूट करके मैं आपको लोगों को दिखाने वाला हूं तो ऐसा महाराष्ट्र में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा व्यू नज़ारा देखने को मिलेगा गाँव कोई गाँव ऐसा भी है जहाँ पर आपको हिल स्टेशन भी देखने को मिलेगा और एक ऐसा भी जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पर पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित है और आप घूमते घूमते आसपास में मैं एक के पास आ गया हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर एक झील है और पास ही कुछ बिल्डिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो झील का पानी है बहुत ही साफ देखने को मिलेगा और यहाँ पर सांप आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा और झील के उस तरफ कुछ बिल्डिंग है आपको देखने को मिलेगा झील का नजारा बहुत ही अच्छा खासा है और महाराष्ट्र में कुआ कैसा है आप देख सकते हो यहाँ कुआ के अंदर झाँकना भी जोखिम कुआ के अंदर झाँकना जोखिम भरा काम रहता है और यहाँ पर पास में और एक कुआं है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये मैं कुएँ के पास खड़ा हूँ ये देख सकते हो कुआँ पानी शायद दिख रहा है यहाँ सारे कुआ ऐसा ही होता है बहुत बड़ा बड़ा और यहाँ पर मशीन चल रहा है कुआ से पानी निकल जाया जा रहा है पानी निकल के खेत में डालेगा दोस्तों फिलहाल मैं अभी एक पहाड़ी के सामने हूँ आप पीछे देख सकते हो वो एक पहाड़ है मैं आप लोगों को घुमा के दिखा रहा हूँ पहाड़ और यहाँ पर महाराष्ट्र में ज़्यादातर आपको पहाड़ियाई नजर ज़्यादातर पहाड़ को कटिंग करके से बहुत कुछ फैक्ट्री वगैरह बनाया जाता है वो देख सकते हो पीछे जो धुंधला सा आ रहा है वो एक पहाड़िया है थोड़ा सा बड़ा है और इस तरफ भी आपको पहाड़ियाई नजर देखने को मिलेगा शायद कैमरे में उतना अच्छा खासा नहीं आएगा बहुत ही दूर है आप देख सकते हो पीछे वहाँ पर एक फैक्ट्री था जो आग आग लग के जल गया अब आप देख सकते हो पहाड़ का नज़ारा अच्छा खासा आ रहा है मैं आप लोगों को बहुत सारा पहाड़ की बहुत सारा पहाड़ भी दिखाऊंगा जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर है पहाड़ में चढ़ने की भी कोशिश करूँगा कुछ पहाड़ ऐसा है जहाँ पर चढ़ा जा सकता है लेकिन कुछ पहाड़ ऐसा भी है जहाँ पर आप चढ़ने की कोशिश भी मत कीजिए क्योंकि अगर वहाँ से आप गिर जाएंगे तो बचने का कोई उम्मीद नहीं रहेगा और यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादातर हरियाली खेत देखने को मिलेगा इस तरफ ज़्यादातर खेतीबाड़ी होता है इस तरफ एक अगर अच्छा अच्छा अच्छा मौका मिले तो ये जो खेत है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा और उस तरफ जो पहाड़ी आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो पेड़ के पीछे वहाँ पर एक स्टेडियम बन रहा है शायद ही इंटरनेशनल मैच खेला जा सकता है क्योंकि पहाड़ को कटिंग करके स्टेडियम बनाया जा रहा है तो इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर इंटरनेशनल मैच हो तो मैं एक दिन जाऊंगा वहाँ पर उस स्टेडियम की तरफ जहाँ पर स्टेडियम बन रहा है तो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगेगा तो प्यार सपोर्ट बनाए रखना ज़रूर तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गांव के बहुत दूर एक घर दिखने को मिल रहा है आपको और यहाँ पर घर बहुत ही गाँव में जो घर रहता है वो दूर दूर रहता है आस में ज़्यादा घर नहीं रहता है और घर के पास ही खेती रहता है तो खेती करने में बहुत ही आसान हो जाता है और महाराष्ट्र महाराष्ट्र में आपको एक ही चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा वो है पहाड़ियाँ आपको हर जगह पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसीलिए ज़्यादातर टाइम नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहता है और यहाँ पर अगर खेतीबाड़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा गन्ने की खेत और गे, गेहूं की गेहूँ की खेत यहाँ पर गेहूँ और गन्ना ज़्यादा उगाया जाता है कि चपाती या फिर रोटी जो भी बोलते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ वही खाना पसंद करते हैं तो दोस्तों खेतीबाड़ी आपको सच में क्या अच्छा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और फिलहाल मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बहुत दूर आ चुका हूँ पैदल और मुझे अभी जाना है और जाके खाना बना बना के फिर कंपनी जाना है और दोस्तों मैं अपना नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लगता है कि अभी नाम बताने का कोई इरादा भी नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है अगर कभी मौका मिले तो नाम जरूर बताऊँगा थैंक यू सो मच वल द बेस्ट आप लोग अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरा ब्लॉग देखिए और मजे करते रहिए।